हेलो फ्रेंड्स मैं विकास आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं एक और नए वीडियो ट्यूटोरियल में इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे जीमेल में सिग्नेचर कैसे क्रिएट करें करते हैं हाँ दोस्तों सिग्नेचर जैसे कि हम एक जब भी कोई मेल कंपोज करते हैं तो सबसे पहले हम यहां पे क्या करते हैं टू में मेल आई टाइप करते हैं ये जैसे मैंने एक मेल आई टाइप किया उसके बाद यहाँ पर हम सब्जेक्ट टाइप करते हैं और यहाँ पर कंप्लीट बॉडी टैक्स्ट होता है जो भी हम हमें किसी को मेल करना होता है फिर लास्ट में सबसे लास्ट में हम क्या करते हैं थैंक्स एंड रिगाड्स जो ये थैंक्स एंड रिगाड्स हम लिखते हैं दोस्तों इसी को जी के अंदर सिग्नेचर बोला जाता है तो ये सिग्नेचर कैसे क्रिएट होता है कि हमें बार बार ये यहाँ पे टाइप ना करना पड़े तो इसके लिए चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे सैटिंग्स पर जाएंगे सेटिंग्स पर जाके सी ऑल सेटिंग्स पर क्लिक करेंगे सीओल सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारे सामने काफ़ी सारे टैब्स आ जाएंगे हमें क्या करना है जर्नल टैब के ऊपर क्लिक करना है वैसे तो बाय डिफॉल्ट जर्नल टैब ही ओपन रहता है स्क्रॉल डाउन करेंगे पेज को स्क्रॉल डाउन करने के बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सिग्नेचर अब सिग्नेचर में हम आते हैं मैंने ऑलरेडी एक सिग्नेचर क्रिएट uh, किया हुआ है यहाँ पर ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे तो मैं वैसे बता देता हूँ आपको जैसे ही हम क्रिएट न्यू पे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे हमसे कहेगा नेम न्यू सिग्नेचर मतलब नए सिग्नेचर का नाम तो हमने यहाँ पे सेकंड साइन रिज्यू कर दिया जब हम यहाँ पे कोई भी सिग्नेचर क्रिएट करते हैं तो सिग्नेचर लिस्टेड होते चले जाते हैं मैंने सबसे पहले ये सिग्नेचर बनाया था फिर मैंने ये सिग्नेचर बनाया अभी मैं क्या करूँगा यहाँ पर लिखता हूँ थैंक्स एंड Regards। मैंने थैंक्स एंड रिगार्ड्स यहाँ पे जैसे ही टाइप किया तो मेरे को सेव करना होगा <coughs> जैसे ही हम इसको सेव करेंगे सेव करते ही हमारा सिग्नेचर सेव हो जाएगा बट यहाँ पे डिस्प्ले नहीं होगा डिस्प्ले करने के लिए हमें क्या करना होगा सेटिंग्स में दोबारा जाना होगा सी ऑल सेटिंग्स और वापस से हम यहाँ पे सिग्नेचर में आएंगे अब यहाँ पे नीचे देखिए फॉर न्यू मेल यूजेज नो सिग्नेचर यहाँ पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो जो सिग्नेचर हमने बनाए हुए हैं उनकी लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी तो हमने दो सिग्नेचर बनाए हुए सेकंड सिग्नेचर हमने क्रिएट किया था मैंने इस पर क्लिक किया फिर नेक्स्ट लिखा हुआ है ओन रिप्लाई फॉरवर्ड यूज मतलब अगर आप कोई मेल का रिप्लाई या फॉरवर्ड करते हो मेल को तो भी सिग्नेचर डिस्प्ले होना चाहिए अगर ये सिलेक्ट नहीं करेंगे तो वो डिस्प्ले नहीं होगा अब हम क्या करते हैं सेव चेंजिंग सेव चेंजिस जैसे ही हमने किया अब हम कंपोज पे क्लिक करेंगे तो देखिए बाय डिफॉल्ट हमारा ये सिग्नेचर यहाँ पे दिखेगा अगर हम कितने भी मेल क्रिएट कर ले बाई डिफॉल्ट हमारा सिग्नेचर यहाँ पे दिखेगा ही दिखेगा अच्छा एक uh, पहले हमने एक सिग्नेचर क्रिएट किया हुआ है तो उसको भी चेक कर लेते हैं एक बार टेस्टिंग के लिए क्लिक किया सी ऑल सेटिंग्स वापस से हम सिग्नेचर पे आए फर्स्ट सिग्नेचर यहाँ पे सेलेक्ट किया हमने फर्स्ट वाला सिग्नेचर फिर फर्स्ट वाला सिग्नेचर और हमने सेव चेंजेस पे क्लिक कर दिया अब दोबारा से हम मेल को कंपोज करेंगे तो देखिए हमारा सिग्नेचर चेंज तो दोस्तों यहां पे कम्प्लीट होता है हमारा ये ट्यूटोरियल आप सभी मुझे कमेंट में लिख के बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा अगर ये वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल है और आपको लगता है ये आ, मतलब एक अच्छी इंफॉर्मेशन है आप सभी के लिए और आपको ये पता नहीं थी तो चैनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और कॉमेंट कीजिए थैंक यू